तिरंगे की आन बान शान और देश की सुरक्षा में तैनात वीर सपूत टीकम सिंह नेगी एक मिशन के दौरान शहीद हो गए उनके पार्थिव शरीर का शहीद को अंतिम बताई थी भारत माता की सेवा में तैनात वीर सपूत टीकम सिंह नेगी की पोस्टिंग पूर्वी लद्दाख में हुई थी उनके पराक्रम को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें चीन की सीमा पर एक खास मिशन के लिए चुना था वह आईटीबीपी की 24वीं बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे उत्तराखंड के रहने वाले शहीद टीकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा परिवार पर दुखों का सैलाब टूट पड़ा एक जवान बेटे का दुनिया छोड़कर जाना घर में पिता का रो रोकर कर बुरा हाल हो रहा है शहीद टीकम सिंह नेगी का परिवार पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुँचा परिवार पर दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा एक जवान बेटे का जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है घर में पिता का रो रो कर बुरा हाल है शहीद के पार्थिव शरीर को हर कोई अपनी नम आंखों से विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा शहीद को अंतिम विदाई देते समय एसएसपी डीआईजी समेत क्षेत्र के विधायक सहदेव सिंह भी रो पड़े। वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज